नमस्कार साथियों स्वागत है आपका अपने चैनल अमेठा एजुकेशन पर आज राजस्थान लोक सेवा आयोग ने द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती हेतु विस्तृत परीक्षा तिथियों का कार्यक्रम जारी कर दिया है आज हम वही परीक्षा कार्यक्रम जानेंगे कितने समूहों में बांटा गया है इस परीक्षा के कार्यक्रम को किसका जी का व्यापार किस समूह के साथ होगा किस विषय के साथ होगा यह संपूर्ण विस्तृत पाठ्यक्रम आज की इस वीडियो विश्लेषण में हम जानेंगे वीडियो शुरू करने से पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास से बने बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले आइए चलते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग ने दिनांक ग्यारह ग्यारह दो को जारी एक प्रेस नोट के माध्यम से वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा विभाग की प्रतियोगी परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम जारी किया है यह परीक्षा तीन चरणों में दिनांक कि 12 2022 से सत्ताईस बारह 2022 तक था विषय अनुसार निम्नानुसार होगी ग्रुप ए में इन्होंने दिया है सोशल साइंस को जिसका जीके का पेपर होगा 21 बारह 2022 को 9 से 11 बजे के बीच में और ग्रुप ए के ही सोशल साइंस का पेपर होगा 21 बारह 2022 को 2 से 4.30 के बीच में ग्रुप बी में तीन विषय दिए हैं हिंदी इंग्लिश और उर्दू इनके जी के का पेपर होगा बाईस बारह दो हज़ार बाईस को नौ से ग्यारह बजे तक हिंदी का पेपर होगा बाईस बारह दो हज़ार बाईस को दो से साढ़े चार के बीच में इंग्लिश का पेपर होगा तेईस बारह दो हज़ार बाईस को नौ से साढ़े ग्यारह के बीच में और उर्दू का पेपर होगा तेईस बारह बाईस को दो से साढ़े के बीच में ग्रुप सी में तीन विषय चार विषय दिए गए हैं साइंस संस्कृत मैथमेटिक्स और पंजाबी इनका जीके का पेपर होगा चौबीस बारह दो हज़ार बाईस को नौ से ग्यारह के बीच में साइंस का पेपर होगा चौबीस बारह बाईस को दो से साढ़े चार के बीच में संस्कृत का पेपर होगा छब्बीस बारह दो हज़ार बाईस को नौ से साढ़े ग्यारह के बीच में और मैथमेटिक्स का पेपर होगा छब्बीस बारह बाईस को दो से साढ़े के बीच में इसी प्रकार पंजाबी का पेपर होगा नौ से साढ़े के बीच में सत्ताईस बारह दो को ये था आयोग द्वारा जारी विस्तृत विषयानुसार कार्यक्रम यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें